गरम मसाला ऐसी कौन सी चीज है जो पानी में गिरने पर भी गीली नहीं होती है जवाब सोचने के लिए आपके पास दस सेकंड का समय है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 क्या आपने जवाब सोच लिया है तो आइए देखते हैं कि इसका जवाब क्या है उत्तर है लॉन्ग। अंत में एक जोक हो जाए दो पड़ोसी आपस में झगड़ा कर रहे थे मैंने उन्हें दो घंटे तक समझाया तब जाकर के वे दोनों माने और